मेरे प्यारे देशवासियों आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है भाइयों बहनों आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए आपसे वादा करता हूँ कि पूरे भारत के हर जिले हर शहर में लोग ये कहेंगे हम मोदी जी वाह मजाक बहुत हो गया सीरियस बात करते हैं कि आखिर क्यों बढ़ने लग रहा है पेट्रोल और डीजल का प्राइस हर दिन हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं उपभोक्ता को समझ नहीं आ रहा कि ये दाम अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे हैं या उन कारणों ऐसी जिसका पता नहीं क्या भारत जैसे किसी प्रतिभाशाली देश को ऊर्जा की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहना चाहिए रिड्यूस एनर्जी डिपेंडेंस दाम क्या इसलिए बढ़े कि भारत जैसे प्रतिभाशाली देश ने अतीत में काम नहीं किया पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम होते? जब दो हजार में कच्चे तेल का दाम एक सौ सैतालीस डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया तब पेट्रोल पैंतालीस रुपए लीटर कैसे मिल रहा था और आज जब इकसठ डॉलर प्रति बैरल है तो पेट्रोल 100 रुपया तक कैसे बिक रहा है एक साल के भीतर केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क नौ रुपए अंठानवे पैसे से बढ़ाकर बत्तीस रुपए अंठानवे पैसे कर क्या इस वक्त सरकार के पास पैसे नहीं हैं? क्या इसलिए लोगों के पास जो भी पैसे हैं उसे सरकार निकाल लेने के फिराक में है कई लोग कहते हैं की विपक्ष आवाज नहीं उठाता लेकिन दिखाया भी तो नहीं जाता विपक्ष ने ना भी उठाए तो क्या आपको पता नहीं की एक रुपया महंगा हो चुका है सरकार को खुद बताना चाहिए कि इसके कारण क्या हैं। तालाबंदी के दौरान महामारी के दौरान भारत के 11 अरब पतियों की संपत्ति इतनी बढ़ गई कि वे अगले 10 साल तक मनरेगा का बजट उठा सकते हैं। सिर्फ 11 लोग। क्या यह कोई पैटर्न है कि दो तीन महीना लगातार बढ़ाओ फिर कम कर दो ताकि लगे कि कुछ कम भी हो रहा है और फिर बढ़ा दो कुछ समय के बाद जब तक लोगों का ध्यान जाए बीच में हिंदू मुस्लिम डिबेट भी लॉन्च कर दो उत्तर प्रदेश में लगता है सिर्फ शहरों के नाम बदल जाते हैं हाथरस के बाद अब उन्नाव है तीन बहनों को हाथ पांव बांधकर खेत में फेंक दिया गया दो की मौत हो गई एक साथ तीन बहनों के साथ ऐसा करने वाले कितने लोग रहे होंगे कारण से लेकर मंजर तक